तो हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग तो भाई साहब आज हम एक न्यू वीडियो के साथ आ गए हैं आज हम जा रहे हैं पारपुड़ा डैम दिखाने तो आप वीडियो के एंड तक बने रहे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हम ऐसे ही धमाकेदार वीडियो लाते रहेंगे तो चलिए हम डैम देखने जाते हैं चलिए

हेलो तो गाइस देख सकते हैं हम डैम के पास आ चुके हैं तो उधर दिखा डैम ये था डैम तो अब हम उधर जा कर आपको डैम दिखाएंगे तो चलिए मेरे साथ चले चल मेरे साथ तो गाइस ये पारपुरा गांव का सबसे बड़ा डैम है तो आप देखिए यहां बहुत लोग घूमने आते रहते हैं तो हम भी आज आपको दिखाएंगे

चलिए हम अभी आप आपको डैम दिखाने वाले हैं तो फटाफट फ़्ट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो चलिए हम चलते हैं तो यह हम बिहार के ऊपर चढ़ के जाएंगे से। अरे तो ये हमारे साथ अरविंद अरविंद भी आएगा चल रहा जा तो मैं और अरविंद दोनों हैं तो मैं और अरविंद जा रहे हैं डैम देखने तो चलिए चलते हैं

तो कैमरा पकड़ ले जाए हम के ऊपर आ गए हैं तो देख सकते हैं ये है नेपाल का तो बड़ी बड़ी घास भी हो चुकी है

आज हम आपको दिखाने वाले हैं तो गाइज आज हम आपको यहाँ दिखाना है बाहरपुड़ा का सबसे बड़ा डैम तो चलिए डैम दिखाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं पहले आप चाह रहे हो नज़ारा देख लो बारे गांव का डैम तो दिखाने जा रहा हूँ उससे पहले रिक्वेस्ट है अपने वीडियो जब अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे

अरे क्या दिखा रहे ये देखिए पारपुड़ा का सबसे बड़ा डैम दे। देख सकते हैं आप इतना बड़ा है उतना पानी भरा हुआ है उतना सुंदर है बंदे के अंदर पूरा ये है पारपुड़ा गांव का सबसे बड़ा डैम

just cut through me hypnotized by the sounds up raging and all time all time kept me close can lie all time

राय आज का वीडियो यही था वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हम ऐसे ही धमाकदार वीडियो लाते रहेंगे तब तक तो के लिए धन्यवाद टाटा बाय बाय।